रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विश्वरंग कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची युवा गायिका मैथिली ठाकुर के लोक गीतों ने लोगों का मन मोह लिया मैथिली के मधुर भजनों और लोक गीतों से श्रोता सराबोर हो गए इस मौके पर मैथिली ने कई गानों की प्रस्तुति दी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विश्व कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर ने लोकगीत गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया ठाकुर ने विश्व रंग में अपने गीतों से हजारों श्रोताओं को सराबोर कर दिया एक के बाद एक भजन और लोक गीत की प्रस्तुति से श्रोता झूमते नजर आए मैथिली ने रागों का ऐसा समापा कि विश्व रंग की शाम ऐतिहासिक बन गई विश्व रंग में देर रात तक मैथिली ठाकुर के लोक गीतों के सुर गूंजते नजर आए मैथिली के गाय गीत छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिलाई के सब झूमने पर मजबूर कर दिया इसके बाद मैथिली ने उनकी नजरों में कुछ ऐसा जादू किया तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर तो देखो साथ कई गीत गाए